जुमा के दिन फजर की नमाज से पहले अस्तफ़ हुआ लजी ला अला हुआ वतूबिले तो उसके गुना बख्श दिए जाएंगे अगर अगरचे समुद्र के झाक बराबर हूँ सलोल हबीबल तहम्मद सल्वाल वसलम